करो करो hey. <laughs> करो करो करो रुक क्यों गए आप लोग? क्या भाई मजा रहा है? मजा रहा है? मजा रहा? आ, करो, करो, कौन कर रहा था, था? किसकी मार रहे थे मारो मारो फिर से मारो. से से मारो। मारो वाह किधर हो? एमपी एमपी हम। किसकी मार मार रहे थे रहे थे अच्छा अच्छा कितने जन मिलके मार रहे थे चार लोग अच्छा चार लोग मिलके एक की मार रहे थे मर मर गई होगी अब तो उसकी नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं अच्छा आदिरा छोड़ दिया कोई नहीं, नहीं।